ये देखे मैसूर पहले पैलेस है तुम तुम लोग मैसूर पहले से घूमने आए हैं पहले धन्य राजा के दरबार में राजा का दरबार मैसे पहले Fer Fer Bueno le ha थोड़ा सॉरी